होना यार। यार? यार जा, या तो जा। प्यार है किसी और का तु। कोई लग लार यारेख अब चुकी दोन हरिया चुंगी चुंगी। अशोक नगर है रोड। ना ना ना चोने जूना बुन रोड काम जान ध्यान रखियो थोड़ा जी मेनू राह रुपये केला पिछड़े मैं उठने पीजा खाती ट लागू ज्यादा मैं मनो लागे गुलाटी की को दुआई गये गणितिए ठीक से के गिनती उल्टी पुलिस करे थे चल बड़े इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो मैंने कर ली मैं पच्चीस रुपये पच्चीस रुपए पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस तुम इधर काम हो जल्दी पहले ला तू भाई जा ना टेपली ई तो जल्दी बाड़ो रे किसराई पूत ता तुन्नू तो होश कोनी है को पूरा किसा मन्नू बाड़ तू क्यों नु छे उस्ताद मन्नू कोनी पता तमने मैं बाड़ला त मैं नाक डुबा लीती पूरा शहर रामा तू जे तू जे हां होना फुकला मने होना तो दिख नहीं उस्ताद अपने बंदे नु कोई कोष्ट के ले मबाड़ा का करू फकरा कोई छोटा मोटा टूटिया पूछिया बदमाश मारे नजरि में एक बंदा है डड्डू डॉन किठे दा से ओ चंदा दा से चंदा दा मबाड़ा के तू हां मबाड़ा के बड़ा सेट कर यार तावन लाग गई मोटर ही कन पैसे दे मरड़ाने में काल तनु पैसे नी ले चल तो मोटर के जाए ओ उस्ताद जी बड़े जाए ना, तीन छोड़ छोड़ दे दे भाई, चोर्थे भाई दो। भाई अब ज्येष मन ना। भाद्रा घोड़ी भी बस बस बस मैं मैं ज़्यादा फ़ोन मार रहा थे गली में कागड़े विल। जी धरती तो कर कौन से सर्विस कर दे आज <laughs> है कितने रूपये बंदे मारे गोनी। है तो हो तो ठीक है नाजता को नहीं हाँ ठीक है तू ऊपर धम कहा क्या हुआ? मेरा साड़ी मोहब्बत हो सके तो माफ कर दे, मैं तेरे रे तुरी, पर मंजिल तक ना पहुंच सकी तेरे लिए आखिरी दुआ तू मेनु बस आवाज़ मारूरा गोड़ के तीन तीन दिन दिन तो तो मार में सच्ची। आऊं आऊं दे दे। दे से मैं ला। तो ला दे। मैं मैं? मैं क्या करूं जत्ती देखती रुख तू तू मर्जी पाँ। गया। पाँ। हो गया। दुश्मन खाता ला सामने जाने तैयार होती देखो आ तिरचड़ गया रंग मुख सौता के तंगी गल जा कदम कद के दाउद की छोरी सह सादा ज्यादा पैसे जोड़े उ डालने वस्त्र घर कर रोटी पैसे आ, लांगे में अरे तो आज कितनी यार काजी आती रात में दिया oh, no! चलो कोई नहीं बताओ साफ करती हूँ देख के लगे से मैं किजड़ी कैसे कटके दुध